लोग होते हैं बड़े स्वाद में चलते हैं बड़ा एटीट्यूड होता है घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन है रास्ते में कौन नहीं है उन लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि बेटा अहंकार की लड़ाई में हमेशा हारने वाला ही जीतता है कुछ तो करना पड़ेगा ये बैठे बैठे नहीं चलेगा दूसरों का काम देख कर, तेरा नाम नहीं बनेगा जब तक पीने के लिए माचिस जलाएगा तब तक आग नहीं लगेगी जिस दिन सीने में आग लगाएगा उस दिन दुनिया जाएगी नोर करना सीखो